तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैब्लू के अंदर में खुद की कैलकुलेटेड फील्ड कैसे ऐड करेंगे हमने डेटा कनेक्ट किया हुआ है जो पिछले वीडियो में बताया था हमने डेटा वन से हमने शीट को कनेक्ट किया और शीट वन के ऊपर देखिए किस तरह के सारे डेटा है जिसमें हमारे पास आईडी है यहाँ पे सारे कॉलम लिस्ट दिया हुए की कॉलम लिस्ट है ऊपर कर देता हूँ यहाँ से तो यहाँ पे आप देखिए टाइप है फिल ने यहाँ पे फिल नेम है फिल्म में आईडी है डेट है नेम है सिटी है एरिया है क्वांटिटी एनआरपी है अब इसमें अमाउंट नहीं है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कि एट्टी क्वांटिटी क्वान्टी ट्वेंटी रुपीज़ में नहीं बिका है ट्वेंटी रुपीज के हिसाब से बिक पर रुपीज़ पर पीस ट्वेंटी रुपीज में बिका है तो मुझे यहाँ पर इसका अमाउंट चाहिए तो अमाउंट कैसे क्रिएट करें तो कुछ नहीं करिए इसमें जब इस पर इस पे क्लिक इस पर से ले जाएंगे इस तरह का एरो का निशान आएगा किसी फील्ड पर जिसके बाद आप करना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्रिएटेड कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करें यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कि मुझे चाहिए अमाउंट और एमआरपी ऑटोमेटिक आ चुका है बस यहाँ पे कुछ नहीं करना यहाँ पर क्वान्टिटी हमें टाइप कर देना है देन अप्लाई एंड ओके तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ गया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया कैलकुलेशन कैलकुलेशन हो में मल्टीप्लाई कर जीएसटी add, तो है तो मैंने यहाँ पे जी एस टी कर दिया और अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि मैं पे किया था, और हमने इसको मल्टीप्लाई बाईन किया अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कंटेंट एड आया क्योंकि परसेंट कैसे अंबल नहीं लेता है तो यहाँ पे आपको 18 डिवाइड बाय 100 यहां पे 0.18 कर दीजिएगा तो आपका देखिए कैलकुलेशन वैलिड और अप्लाई करते ही यहां पर जीएसटी का आ जाएगा तो इस तरह से कैलकुलेटेड फील्ड आप ऐड कर सकते हैं इसमें फंक्शन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं तो फंक्शन वगैरह ऐड करना हम आपको अगली क्लास में बताएंगे तो मेरे साथ बने रहे मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मेरी वेबसाइट आई पी टी इंडिया जाए वहाँ डिटेल आपको मिल जाएगी और हमारे साथ लाइव जूम क्लासेस ले सकते हैं वन टू वन वो भी इंटरेक्टिव वन टू वन डिटेल से आप मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा वहाँ से ले लीजिए थैंक यू